it's just me and guess some world round and round i'm caught up in this swirl trying to dig and trying to burrow pressure turn this stone into a pearl lessons that i learned weren't always thorough sugar coated like a charm now i'm really out here on my own now my homies act like i all i'm done extending out my arm made a lot of money from my palms Around it now, they say I'm on. I can finally say I'm up now. I'm up now. Twenty thousand on a bus down, a bus down. I'm on my way. I'm going up now, up now, and I ain't never gonna touch down, touch down. so hey student army आर्मी कैसे आप सब लोग आई होप आप अपना होमवर्क जरूर करके आयोगे होमवर्क hey, homework refers to my last gameplay video okay तो यार जल्दी जाओ अगर आपने नहीं देखी और देखी है तो यार बहुत बढ़िया channel को, ज़रूर को जरूर subscribe करना video को like share ज़रूर करना तो चलिए शुरू करते हैं यार अपनी video को तो यार आज हम आज के अलकट्राज की जेल में ठीक है यार और भाई ये मैप मैं पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ अंडर वाटर फायरिंग देख के भाई मैं खुद शौक़ में था कि भाई यार ये गेम है क्या है अंडर वाटर फायरिंग भी है यार इसमें तो यार ये भी अच्छा खासा सिस्टम लगा यार मेरे को और यार, यार यहाँ पर अब मेरी साँस घुटने ही वाली थी फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ठीक और ये एरोप्लन में बैठ जाता हूँ यार ठीक है क्योंकि यार अपनी लॉबी खत्म हो गई थी यार यहाँ पर थोड़ा बहुत निन्जा टेक्निक लगा दी मानी निजा थोड़ी बहुत डिग डिंग डिंग डिंग और यार सीधा आप नीचे जाता हूँ मैं ठीक है तो यार ये पावर हाउस जो जगह है ना यार मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि यार इससे लास्ट वाला मैच था उसमें मेरे 20 किल्स थे पर यार वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया और भाई मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ पर इसमें भी यार उसके आस ही किल्स हैं और भाई उतरते ही यार बंदा यार तो भाई मैं बहुत डर गया क्योंकि यार उतरते ही बंदा सामने ठीक है तो यार यहाँ पे फिर अब इस बंदे को फेल दिया मैंने और यार ये बंदा रखा था ठीक है और भाई मैंने शुरू शुरू में सिर्फ गन उठाई थी और भाई एम नहीं ली थी तो भाई ये बंदा नीचे भाग जाता है पता नहीं यार मैं क्यों फायरिंग करता हूँ भाई मेरे को इसके पीछे जाना चाहिए था तो यार बहुत सारी एम तो इसके पीछे ही वेस्ट हो गई यार मेरी ठीक है तो चलो छोड़ो यार अब यहाँ पर आराम से अरे बंदा नीचे भागे जा रहा भागे जा रहा पर कोई नहीं यार इसके चलते भाई मेरे को एक और बंदा भी मिल गया यार यहाँ पर मैं पिस्टल से इसको मारने की कोशिश करता हूँ पर नहीं मैं सक्सेसफुल रहता हूँ तो, या तो यार ये यदि दूसरा बंदे से मार रहा था तो यार ये सीढ़ियों के पीछे ही था और इसको बड़ी आसानी से पेला यार मैंने ठीक है क्योंकि यार एक तो ये गन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है ठीक है हर थ्री जो भी नाम है यार इस गन का एक तो यार ये कॉल ऑफ ड्यूटी गन में गन्स का नाम बिल्कुल यार नहीं रहता तो यार ये पावर हाउस है यार बहुत मतलब करीब फाइव स्टोरी बिल्डिंग है और यार बहुत सही बिल्डिंग है अच्छी खासी लूट मिल जाती है क्योंकि यार जो मेन जेल है ना यार एल्कटराज का यहाँ पे जो इस गेम के अंदर है तो यार उसमें भाई मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया ऊपर कैसे जाए नीचे कैसे जाए क्योंकि भाई मेरे को सीडीआई भी इतनी देर बाद मिली जो कि आप गेम फ्लेम में आगे चल के देखोगे यार ठीक है तो यार यहाँ पे थोड़ी बहुत लूटिंग में कर रहा हूँ क्योंकि भाई यार मेरे पे बिल्कुल भी एम नहीं थे स्टार्टिंग में आपने देखा था कि सिर्फ़ मैं अपनी गन ले आया उसके बाद थोड़ी एम ली फिर रिलोड करने लग गया उसके बाद फिर एम ली फिर रिलोड करने लग गया तो यार अब जाके थोड़ा अच्छा सूट सा बैठा है ठीक है एन सूट तो अब मैं क्या बताऊँ यार दिस इज़ आर देसी स्लैंग तो यार सीधा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्योंकि यार लास्ट मैच में, में मेरे को यार बहुत बुरा लगा था ठीक है तो उसके बाद मैं सीधा बंदों पे रश करता हूँ तो यार यहाँ पर बंदा था इसके ऊपर सीधा भाई रश करके फेला इस बंदे को और पूरी पेटी बना दी हम नॉक करके नीचोड़ दिए पूरी पेटी बना दी यार उसकी ठीक है जलीस जलिस पाइनल पता नहीं क्या नाम था पर फिर भी सही था जो भी था तो यार जैसा अभी आप देख रहे हो यार मैंने अपनी निंजा टेक्निक फिर से यूज़ कर लिया डिंग डिंग डिंग डिंग वाली निंजा थोड़ी सी यार फ्री में सीखी थी तो यार यहाँ पे सीधा मेन बिल्डिंग में आ जाता हूँ मैं एलकटराज की जेल में ठीक है तो यार यहाँ पे यार फुटस्टेप्स तो आ रहे थे पर यार बंदे नहीं मिल रहे थे यार देख तो मेरे को ठीक है और यार एक तो यार सीढ़ियाँ भाई सीढ़ियों में घूम घूम के थक गया था यार में बंदे नहीं मिल रहे थे यार बहुत टाइम बाद बंदे मिले और यार किल्स भी मेरे इस चक्कर में बहुत कम हुए ठीक है तो यार एक तो ये बंदा था इसको खेल दे तो भाई ने गॉड टमरिंद कोई नहीं भाई इमली मिल गई तो भाई हम क्या करें क्या कहना है यार इन बंदों के यार एक तो दे पड़के हंसी आ जाती है यार चलो छोड़ो अब कोई बात नहीं हमारी क्या गलती है अभी इन चीज़ में तो यार मैं सीधा यहाँ से बाहर निकलता हूँ क्योंकि यार मेरे को लगता है कि बाहर होगा बंदा तो यार छत पर जाने का मेरे को रास्ता पता नहीं था तो यार मैं बाहर ही घूमता हूँ कि यार कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा और यार ऐसा ही होता है ये जो बिल्डिंग यार भूल है यार एकदम भूल भुलैया जैसी है बाहर जो बंदा मिल जाए वो क्या था भाई अंदर बिल्कुल ना मिले क्योंकि यार अंदर भूल भुलैया मैं वैसे भाई मैं बाहर निकलने में इतना टाइम वेस्ट कर दूंगा तो यार ये क्या चीज़ है यार यहाँ पे इस बंदे मिल जाता है तो यार इसको फेल देते बड़ी आसानी से और यार ये एक बंदे को पेल चुका हो तो भाई मेरा एक किल कम हो जाता है और यार यहाँ पे दूसरा बंदा आ जाता है और भाई ये सीधा यार मतलब आती क्या यार गन वन चलानी नहीं होती इनको बस फायर करके आराम से बैठ जाना है चलो छोड़ो यार अब भाई मेरे को लगता है यार अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में बॉट वॉट तो होते नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने एक भी नहीं देखा है या सी यार छत पे आता हूँ क्योंकि मेरे को लगा बंदे होंगे पर यार नहीं था मेरे ख्याल से यार वो नीचे था उस टाइम ठीक है जब मैं ऊपर आया तो यार मैं यहाँ पर छत पर ही घूमता रहता हूँ तो दूसरी साइड जाकर देखता हूँ कोई दूसरी साइड भी तो सीढ़ियाँ नहीं है पर यार ऐसा नहीं होता एक ही साइड सीढ़ियाँ थी और भाई अगर आपको बैकग्राउंड नॉइजेज आ रही हो तो उसके लिए सॉरी मैं क्या ही कर सकता हूँ बहुत चोर है इसे छोड़ो अब उस बात को तो सीधे अब मैं नीचे आ जाता हूँ क्योंकि यार मेरे को बंदे को किल लेना था ठीक है और भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि तो यार किल नहीं मिल रहे थे यार जितने लास्ट मैच में मिले थे उतने किल बिल्कुल नहीं मिल रहे थे अभी तक पर यार लास्ट में अच्छे खासे हो जाते हैं ठीक है एलकटराज की जेल में टोटल तो यार फाइव फिफ बंदे आते हैं पर यार आखिर में जो वन बसता है ना वही विनर होता है और आई थिंक आपको ये पता होगा यार इसी के साथ नितिन एक्स दे 21 वन फिर इसको भेज देता हूँ भाई ने और यार ये भी क्या ही बंदा था सुसाइड करने जा रहा था कि यार ऐसे खड़ा हुआ था बिल्कुल चलो छोड़ो अब हम क्या ही कर सकते हैं मैं नहीं देने वाले इनको टिप्स एंड ट्रिक्स जी इन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा इनकी गलती है ये बात तो है ना, ना भाई तो यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है तो यार ये नॉक पड़ा तो यार यहाँ पे किल चोरी कर लेता हूँ एट किल्स हो जाते हैं टोटल तुम्हारे भाई के और यार अब मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों फालतू में घूमने आता हूँ तो यार सीन तो यार उसके बाद सीधा हम यहाँ पे आ जाते हैं तो यार ये लोकेशन पे अब क्यों जोन इस साइड एंड हो रहा था ठीक है तो कोई बात नहीं हम यहाँ पर आ जाता चलते फिरते तो यार सामने बंदा दिखता है तो यार इसको अच्छा खासा मैंने डैमेज करके नॉक कर दिया और यार सामने इन जिन ले रहा था इनको भी मैं कैसे छोड़ सकता हूँ अच्छे खासा जब किल हाथ में आ रहे तो भाई मैं क्यों छोड़ूँ है ना भाई तो यार इस बंदे को भी आराम से बेल देता हूँ एंड आई थिंक यार पता नहीं ये रिलोड का ग्लिच है क्या है रिलोड करते ही अगर आप बिना सेकंड रुके फिर भी अगर आप फायर करोगे ना तो यार आपकी मतलब पूरी एम मिलेगी आपको ठीक है एंड आई डोंट नो क्या सीन होता है मेरे साथ पर फिर भी छोड़ो तो यार यहाँ पर बंदा उछलता कूदता आता है एंड ही थिंग्स कि भाई हमें मार देगा शेरियो दिख भाई तुझे तो क्या लगता है तो हमें मार देगा भाई हम हर चीज़ में प्रो हैं लगभग और वो आप भी जानते हो भाई व्यूअर्स और मैं भी जानता हूँ किन कितनी चीज़ों में प्रो है बिल्कुल नहीं उबड़े हैं पबजी लाइट को छोड़ के ठीक है तो यार यहाँ पे भी मेरे को एक और बंदा मिलने वाला होता है आपको गेस्ट करना चाहिए या कर सकते कि कहां हो कि कहाँ मिलेगा वो तो यार सामने अपने रोड पे देख ही लिया हुआ कि बंदा कहाँ है तो यार सही इसके हेड छोड़ देता हूँ पट से ठीक है और यार, यार ये इस साइड फायर कराता तो यार इस साइड ज़रूर कोई बंदा हुआ तो मैं सीधा यहाँ पर आ जाता हूँ और यार यहाँ बंदा था तो यार इसको मार के आप उनके तेरह किल हो जाते हैं कैंड सेवनजोर यार तुम्हारे भाई यहाँ पर जीत जाता है तो बनता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना बाय